लोगों के साथ मुलाकात के वक्त आपका चेहरा खिला होना चाहिए चेहरे पर खुशूनत चेहरे पर रौनत चेहरे पर सरकशी के आसार तकबर और गुरूर के आसार ये किसी भी इंसान को जेबर नहीं देते तकबर सिर्फ अल्लाह की शान है और उसके असमाय मुबारक में से एक इसमें मुबारक मतकबर है अल किबरिया और कहा कि किबरियाई मेरी चादर है और जो मुझसे मेरी चादर छीनना चाहेगा मैं उसको जहनम की आग में डालूंगा इस काय में होने वाला पहला जुर्म तकबर है जब इब्लीस को आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करने का हुक्म दिया गया तो उसने कहा कि मैं तो सजदा नहीं करूंगा अबा वस तक वकाना में नलका उसने इनकार किया बवजह तकबर और तकबर राय के दाने के बराबर भी अल्लाह को पसंद नहीं है और कयामत के दिन जब लोग सोरे इसरा फील से आगोश मौत में होंगे तो अल्लाह तला जल्ला शाहू लोगों से खिताब करेगा तो उसमें एक जुमला ये होगा एनल मुतकबरों तकबर करने वाले कहाँ हैं तो लोग आगोश मौत में होंगे तो कोई सर नहीं उठाएगा अल्लाह फरमाएगा अनल मलुक बादशाह कहां क्योंकि ज्यादा तकबुर बादशाहों में हुक्मराना होता है। तो अल्लाह फरमाएगा अनल मुतकब्बिर मैं मुतकब्बिर हूं ये मेरी शाह अनल मालिक मैं बादशाह हूं तो बादशाह ही उसी को जेबर है तकबर उसी को जेबर है तो नसीहत करते हुए फमाए वला तो साद का लिंदा लोगों के सामने अपनी गर्दन को अपने चेहरे को अपने रुखसार को टेढ़ा ना करना इबन मंजूर अफ्रीकी ने लसानुलरब में लिखा है कि ये सा निकला है और ये ऊट की एक बीमारी है जिसका बंदों को लकवा हो जाता है उसका ऊँट टेढ़ा हो जाता है तो ऊँट को एक बीमारी लगती है तो जब वो बीमारी उसको लग जाए तो उसकी गर्दन टेढ़ी हो जाती है। तो अरब के मुहावरे के मुताबिक कुरान नाजिल हुआ है तो इशारा किया कि जिसका ऊंट की गर्दन टेढ़ी हो जाती है तो तकबर की वजह से तुम्हारा चेहरा भी टेढ़ा ना हो जाए ये तुम्हारा चेहरा अच्छा नहीं लगता। इस पर खुशूनत इसके ऊपर गुस्सा इस चेहरे के ऊपर जो है वो वाहशत अच्छी नहीं लगती इस चेहरे के ऊपर तबस्म और मुस्कुराहट अच्छा लगता है ये चेहरा हंसता हुआ गुलाब जैसा ही अच्छा लगता है तो अपने रुखसार को टेड़ा न करो अपने लहजों को खूबसूरत बनाओ आने वाले से खंदा पेशानी से मिलो और लोगों के साथ तुम्हारे रवैयों की खूबसूरती तुम्हारे चेहरों से दिखाई